नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सिंह राशि के जातकों 2020 में आप कितना पैसा कमाएंगे धन की स्थिति क्या होगी वित्त का प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या कुछ होगा 2020 में तो आपके इन्हीं यक्ष प्रश्नों का उत्तर लेकर के मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और साथ ही साथ दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा धन से रिलेटेड हम आपको प्रयोग बताएंगे वो प्रयोग आप लोग करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं तो दर्शकों देरी किस बात की आगे बढ़ते हैं और बहुत जो है लंबा ये वीडियो हम चूंकि नहीं बनाएंगे बहुत जो है शॉर्ट में बता रहे हैं तो सिंह राशि के जातकों इस वर्ष आपको धन, धन, धन योगली में बन रहे हैं निवेश करने के मामले में भी इस वर्ष आपको काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होगी मजबूत होगी इस वर्ष जो सिंह राशि के जातक है शेयर मार्केट में यदि किस्मत आजमा रहे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा जोखिम वाला रहेगा लेकिन कुल मिलाकर के आपके लिए अच्छा रहेगा शेयर मार्केट आपको रिटर्न देगा जो लोग रिसर्च से संबंधित वर्क कर रहे हैं उनको जाकर के कुछ अच्छा लाभ हो सकता है सरकारी सेवा में जो लोग जो है मतलब किसी भी पद पर हैं चाहे वो क्लास वन अफसर हो चाहे टू हो चाहे थ्री हो चाहे फोर हो उनको कहीं ना कहीं से धन के एक्स्ट्रा सोर्सेस निश्चित मिलेंगे आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए मोटे अक्षरों में क्योंकि 2020 हजार सिंह राशि के जातकों के लिए ना काफी कुछ सौगातें लेकर के आया है आपकी राशि से धन व लाभ स्थान के स्वामी जो बनते हैं ये बनते हैं बुद्ध। और ये सूर्य देव के मित्र हैं। सूर्य के साथ पंचम भाव में विराजमान हैं वर्ष के शुरुआत में जहां से सप्तम भाव से देखिए दर्शकों जो पंचम भाव होता है ये आपकी विद्या का होता है बुद्धि का होता है सप्तम भाव होता है ये आपके साझेदारी का होता है ये आपके व्यापार का होता है तो सूर्य और बुद्ध की युति से जो बुधादित्य योग बन रहा है ये आपके लिए अच्छा फलित हो रहा है ग्रह का ये संयोग जो रहेगा फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे संकेत आपके जो है हॉरोस्कोप में कर रहा है साथ ही साथ एक बार और बताना चाहेंगे जब जब गोचर में चंद्र मंगल का योग आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बनेगा निश्चित आपको सफलता दिलाएगा भाग्य स्थान के स्वामी मंगल स्व के होकर के चतुर्थ स्थान में विराजमान है जो कि इस वर्ष नए घर आपको मतलब जो सिंह राशि के जातक हैं, तो नया घर नया मकान नया बंगला कह लीजिए नया फ्लैट कह लीजिए नया वाहन कह सकते हैं या किसी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की खरीदारी के जो है मतलब तरफ इंडिकेट कर रहे हैं संकेत कर रहे हैं अब भाई जो हमने ये सब चीजें बताई कि नया वाहन आएगा नया बंगला आएगा नया, आएगा नया फ्लैट आएगा नया मकान आएगा इसके लिए पैसा आएगा तभी आप लेंगे ना ऐसे तो ले नहीं लेंगे तो निश्चित है आपके पास पैसों की बारिश होगी धन की बारिश आपके ऊपर होगी लेकिन कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं हमारी इन बातों पर ध्यान रखिएगा एक बात और बताना चाहते हैं सिंह राशि के जातकों, राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पढ़ चुका है आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं कैरियर से संबंधित उपाय भी पा सकते हैं दूसरा प्रेम राशिफल दो सिंह राशि का कैसा रहेगा प्रेम संबंध हमारे चैनल पर पढ़ा देखिए वार्षिक राशिफल दो आ, बहुत ही विश्लेषण से बहुत ही बड़ा वो वीडियो है आप लोग जा कर के देख सकते हैं उसके उपाय कर सकते हैं साथ ही साथ ये वीडियो बनना और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप लोग हमारे स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों बहुत ही विश्वसनीय यदि आपको रत्न चाहिए रुद्राक्ष चाहिए तो उसको भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे लेकिन दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे यहाँ पर कोई मतलब ऑनलाइन वेबसाइट तो है नहीं कि आपने इधर ऑर्डर किया उधर आपके पास आ गया तो ऑर्डर करने वाले जो हमारे दर्शक हैं थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रखिएगा आप तक निश्चित ही जो है आपकी सामग्री पहुँचेगी और बहुत ही वो जो है मतलब अथेंटिक चूँकि जो नाम है एस्ट्रोविदासीस तो हमारी भी कुछ लाइबिलिटी बनती है आप लोगों के प्रति कुछ दायित्व तो बनता है कि आपको बेहतर चीज जो है उपलब्ध कराएं भले ही थोड़ा सा वो कॉस्टली क्यों ना हो लेकिन हाँ जो चीज़ देंगे वो बिल्कुल जो है विश्वसनीय देंगे प्रमाणित देंगे कहीं से उसमें कोई जो है कसर नहीं रह जाएगी तो दर्शकों चलते हैं अपने जो है वित्त के प्रश्न पर तो वर्ष की शुरुआत में लाभ स्थान में राहू विराजमान है जो कि सितंबर माह के उत्तरार्थ तक यहीं बने रहेंगे इस समय में आपको विदेशी कंपनियों संस्थाओं से लाभ मिलेगा सरकारी क्षेत्र में है एक्स्ट्रा जो है मतलब उससे सोर्सेस से आपके पास पैसे आएंगे और अथाह पैसा आएगा लेकिन मेरी सलाह है कि किसी को सता करके पैसा मत लीजिएगा वही सितंबर माह में गुरु और शनि का मार्गी होना आपके लिए आर्थिक तौर पर मजबूती के संकेत दे रहा है राहुल लाभ स्थान से निकल जाएंगे तेईस सितंबर को इसलिए जो लाभ आपको धीमी गति से या बड़ी मशक्कत करने के पश्चात मिल रहा था वो अब सुगमता से हासिल होगा राहू ने भी दिलाया और राहू के जाने के बाद भी आपको लाभ मिले ही मिलेगा नवंबर के उत्तरार्ध में में गुरु फिर से छठे स्थान के के साथ आकर नीच भंग राजयोग बनाएंगे। देखिए यहां पर ये मकर राशि में आएंगे में उच्च के होते हैं मकर में नीच के होते हैं तो यहां पर नीच भंग राजयोग बनाएंगे फाइनेंशियली जो डील आपकी अटकी हुई थी वो इस समय में पूरी करा के तब ये जो है चैन लेंगे अतीत में किए गए किसी निवेश से धन लाभ के योग सिंह के जातकों को का जो है बहुत अच्छा बन रहा है साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि आप लोग कोई जो है एक्सपेंसिव जो है एक सेलफोन हो गया एंड्राइड फ़ोन हो गया ये किसी को गिफ्ट कर सकते हैं अपने पिता को या अपनी माता को आप लोग कोई महंगा वाहन भी इस जो है वर्ष गिफ्ट करते हुए दिखाई जो है दे रहे हैं तो ये सब कब आएगा जब आपके पास पैसा होगा पैसा कब होगा जब आप लोग उपाय करेंगे उपाय का क्या करना है उपाय भी हम आपको बता रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर के यदि हम फाइनेंस की बात करें कि साल 2020 के अनुसार सिंह राशि के जातकों का कैसा वर्ष रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा छप्पर फाड़ के पैसा आएगा किसी प्रोजेक्ट में आपको धन की कमी नहीं होगी अर्थ की कमी बिल्कुल नहीं होगी जरूरत पड़ने पर आपको अपेक्षानुसार लोन जो होता है कर्ज होता है ये भी मिल सकता है घर या गाड़ी पर आपकी बचत का बड़ा हिस्सा भी खर्च हो सकता है लेकिन इसे खर्च नहीं बल्कि सुख सुविधाओं पर किया गया निवेश समझे तो बेहतर रहेगा क्योंकि यामाम जीवे सुखम जीवे जब तक जिए सुख से जिए आप लोग तो दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि उपाय क्या करना है उपाय पर आ जाते हैं उपाय बहुत बड़ी चीज़ होती है जैसे आपके शरीर में जब कोई व्याधि होती है व्याधि का मतलब आप लोग जान रहे हैं ना कि जैसे मान लीजिए आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम आ गई आप लोग क्या करेंगे आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तभी तो सही होगा ना ऐसा तो है नहीं आपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया कि अपने आप सही होगा जो ग्रह होगा ऐसा नहीं होता है तो इसी तरीके से जब आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम आती है जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको बताया लेकिन हो सकता है कई लोगों के साथ ये चीजें घटित ना हो चंद्र राशि पर चूंकि ये राशिफल आधारित है कई लोगों के साथ ये घटित ना हो घटना है तो क्या होगा तो साफ़ सीधा सा देखिए कि आप लोग अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाइए। कारण इसका यह है क्योंकि करोड़ों लोगों की सिंह राशि होती है तो आपके पर्टिकुलर ग्रह क्या कहते हैं नक्षत्र क्या कहते हैं उन जो है ग्रहों की स्थिति क्या है नक्षत्रों की स्थिति क्या है सब डिविजनल चार्ट क्या कहते हैं महादशा किस चीज की चल रही योगनी दशा किस चीज की चल रही है जो ग्रहों का ट्रांसिट होगा अष्टक वर्ग में इनकी क्या पोजिशन है कितने नंबर मिले हैं तो एक पैरामीटर पे हम जो है जस्टिफाई नहीं चीज़ों को कर सकते हैं एक राशिफल में जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं इसके लिए बेहतर रहेगा कि आप लोग अपनी पर्सनल कुंडली का हो जो है विश्लेषण करवा करके और पर्टिकुलर अपने लिए आप लोग विशेष उपाय जो है आप लोग पाएं। ये उपाय जो बता रहे हैं ये तो आप करेंगे ही करेंगे लेकिन वो उपाय भी आपके लिए अपने रहेंगे अब जैसे जेम होते हैं तो जेम का चयन भी बहुत कुछ दिलाता है व्यक्ति को तो चलिए दर्शकों उपाय पर आ जाते हैं उपाय नंबर एक आपको सबसे पहले करना क्या होगा देखिए जब भी आप बैंक में जाइए या जब भी धन के किसी काम से जाइए तो एक इलायची ले लीजिएगा उसका आपको सेवन करके निकलना है ये आप लोग गांठ बांध लीजिए पॉकेट में अपने कुछ इलायची रखिए बैंक में जब जाते हैं इलायची डालिए और श्री मंत्र आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए श्री मंत्र लिखा हुआ है इसको मानसिक रूप से हम भी इवन जब भी कभी बैंक में जाते हैं पैसा वगैरह जमा कराने श्रीमंत्र का मानसिक रूप से उच्चारण करते हैं दर्शकों लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत ही अद्भुत बहुत ही अलौकिक मंत्र है इलायची के साथ इसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित आपको इसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा दूसरा दर्शकों आपको करना क्या रहेगा तो शुक्रवार वाले दिन कनक धरा स्त्रोत अंग हरे पुलक भूषण मा श्रंती ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने धन वर्षा कराई थी स्वर्ण वर्षा कराई थी तो ये कनक धरा स्त्रोत यदि आप लोग इसका पाठ करते हैं हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक जला करके करते हैं तो निश्चित है दर्शकों धन की कभी कमी आपको रहेगी ही नहीं आप लोग हमसे नोट करके ले लीजिए तीसरा एक और अलौकिक प्रयोग बताने देखिये दर्शको बहुत तमाम चैनल है ऐसा नहीं है कि हम ही जो है एको हम द्वितीय नास्ती या हम ही सब कुछ हैं लेकिन जो उपाय है ना वो लोग कंजूसी बहुत करते हैं और उपाय यहाँ दिल खोल के बताए जाते हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और प्लीज़ चूँकि अर्थ का राशिफल चल रहा है फाइनेंस का चल रहा है वित्त का चल रहा है तो जय माँ लक्ष्मी आप लोग लिख सकते हैं या आप लोग माँ लक्ष्मी का जो है कोई भी श्रीम से ही लिख करके कमेंट करिए तो ये यदि आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा तो अंतिम उपाय पर हम आ जाते हैं आपको करना क्या रहेगा दर्शकों सबसे पहले आप लोगों को एक सिक्का लेना है शुक्रवार वाले दिन और केसर में जो है गंगा जल डाल करके अच्छे से उसको जो है कलर कर लीजिएगा सिक्के को और उस सिक्के को अब क्या करना है उस पर लाल रंग की जो मौली है इसको आपको लपेट लेना है और उसको धूपबत्ती इत्यादि दिखा करके आप लोग धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं हर वर्ष दीपावली पूजन भी हम कराते हैं आप लोग यदि चाहें तो इस पूजन में सम्मिलित हो सकते हैं आपके घर तक की वो चीज़ें कुरियर के माध्यम से पहुंच जाएगी पूजा पाठ हो करके उसमें आप लोग चाहें तो ले सकते हैं तो दर्शकों ये सब आप लोग उपाय करिए और इन उपायों से आपको निश्चित लाभ होगा जब भी आप कार्यक्षेत्र के लिए निकलिए मतलब ऑफिस के लिए निकलिए या किसी शुभ कार्य के लिए निकलिए थोड़ा सा अपने मंगल को स्ट्रांग करिए मंगल को कैसे स्ट्रांग करेंगे तो गुड़ की एक बाइट खा करके तब निकलिए निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी तो बंधुओं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः आप लोगों से निवेदन है वार्षिक राशिफल दो हजार बीस देख सकते हैं हमारे चैनल पर कैरियर राशिफल देख सकते हैं अंक ज्योतिष का राशिफल देख सकते हैं मूलांक के आधार पर हमने बनाया हुआ है प्रेम राशिफल देख सकते हैं ग्रहों का गोचर व राशि परिवर्तन बिल्कुल भी आप लोग जा कर के देख सकते हैं जो भी हमने प्रडिक्शन की है वो आप लोग जा कर के देखिए और तब जज करिए श्रृंखला चल रही है आप लोग देख सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबाएंगे तो प्रतिदिन का जो दैनिक राशिफल है वो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि दैनिक राशिफल में फालतू की चीजें नहीं बताते हैं वर्ड टू वर्ड बात होती है और बहुत छोटा सा रहता है 12 मिनट 13 मिनट का रहता है और उसमें जो उपाय बताते हैं उसको भी आप लोग कर सकते हैं हमसे जुड़ करके लाइव आप लोग उस समय बात भी कर सकते हैं यदि अपनी कुंडली का आपको विश्लेषण करवाना है आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं आपके शहरों में हमारा आगमन होता है वहाँ पर आप लोग हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा और जय मां लक्ष्मी आप लोग जरूर लिखिएगा या श्री मंत्र आप लोग जरूर लिखिएगा दीजिए इजाजत लेकिन जाते जाते आप सभी लोगों को एक बार पुनः नव वर्ष की असीम शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय मां लक्ष्मी जय हिंद वंदे मातरम